पहले लोग बेड़ी लेकर हगने जाते थे और अब मोबाइल लेकर हगने जाते हैं। कैसे तू हाँ लैटरिन में बैठा रहता दो दो दो घंटे <laughs>